कुछ मेरे दिल ने कहा कुछ तेरे दिल ने कहा कुछ मेरे दिल ने कहा कुछ तेरे दिल ने कहा अब हम क्या कहें क्या सुने जब दिल पाते बात